दोस्तों हम इधर आ चुके हैं अपने गांव से आने वाले थे तो रास्ते में हमने देखा कि धान की रोपाई स्टार्ट हो चुकी है तो चलिए सभी को नमस्कार मेरा नाम है मोनू झा। आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का वीडियो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हम अपने मार्केट जा रहे हैं लोकल मार्केट जो कि हमारे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास में है तो मार्केट भी हम आपको दिखाएंगे रास्ता भी दिखाएंगे तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और कुछ लिस्ट है छोटी सी वो हम सामान कुछ लेने जा रहे हैं जैसे कि प्रिंटर की इंक वगैरह है पेपर है लेबलेशन है जो भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें जो भी लगता है और तहसील का भी काम है तो चलिए हम आपको जितना हो सकता है उतना हम वीडियो शूट करके दिखाएँगे और चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने गाँव और अपने गाँव के रास्ते और अपना लोकल मार्केट तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों हम इधर आ चुके हैं अपने गांव से आने वाले थे तो रास्ते में हमने देखा कि धान की रोपाई स्टार्ट हो चुकी है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये बोले रहा खेत और यहाँ पर धान की रोपाई चालू है तो देखिए यहाँ पे धान लग रहे हैं और कई लोग लगा भी रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और हमारे यहाँ बरसात अभी हो नहीं रही है बट होने की संभावना है तो यहाँ पर धान हो गए हैं तो चलिए हमने सोचा तो आपको भी दिखा दें और इसके बाद हम चलते हैं आगे फिर आगे चलते हैं आगे चल दिखाते हैं जो ओवरब्रिज आपको दिख रहा है ये हमारे गांव से मार्केट जाने में बीच में पड़ता है तो ये बुंदेलखंड पैकेज के अंदर आता है अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करें तो हम इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि पूरी डिटेल में होगी और इधर आप देख रहे हैं तो ये जो ओवरब्रिज बन रहा है इसकी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या प्लांट लगाया गया है यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी गिट्टी आती है तो उसको क्या है बारीक नहनी करके और अपना यहाँ पे काम चलता रहता है तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें तो हम इस पर भी एकदम डिटेल में वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था एक हमारे मित्र हैं उन्होंने हमको इनवाइट किया था क्योंकि यहाँ पे दाल गक्कड़ की पार्टी हो रही थी तो उन्होंने हमें कॉल किया और हमें बुलाया तो हम आए हैं और यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो हमने भी यहाँ पे मतलब बनाने की कोशिश की है मतलब जो भी हेल्प होती वो हमने की है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगा बट प्रॉब्लम ये थी कि हमारा फ़ोन डिस्चार्ज था घर पर भी था और यहाँ पर भी लाइट नहीं आ रही थी तो वीडियो अच्छे से नहीं बना पाए इसके लिए तो फिर दोस्तों हम उनके घर से निकल आए हैं और आने में काफी लेट हो गया क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी तो अंधेरा भी हो गया और हमारा तहसील का काम था वो हमारा आने से मतलब हमने जब आए थे हम तभी हमने कर लिया था दिन में ही और जो भी हमें ख़रीदना था वो एक दो आइटम तो वो हमने ख़रीद लिया था फिर उसके बाद उनके घर पे गए थे तो वहाँ पे मस्त मज़ा आ गया आ, बैगन का भरता था और दाल थी और सलाद वग़ैरह पानी और ठंडा मज़ा आ गया था काफ़ी का बढ़िया मस्त अब निकल रहे हैं घर के लिए और घर के लिए काफ़ी दूर है घर लगभग बीस किलोमीटर है तो बस निकलने ही वाले हैं फिर भी प्रॉब्लम ये हुई है आ, हमारा मोबाइल जो है कि वो चार्ज नहीं था हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही थी और उनके यहां पे भी लाइट इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी बार बार तो बार बार आती थी जाती थी और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से तो वहाँ जो वीडियो है वो हम शूट नहीं कर पाए तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो मतलब ये फ़ोन चार्ज हमारा ऐसे हो गया था जैसे कि हम वहाँ पर खाना पीना खा के बैठ गए थे और थोड़ी देर बैठे बातचीत होने लगी और सभी लोग बैठे रहे तो उस दौरान क्या लाइट आ गई थी उनके यहाँ पे तो हमने उसको तुरंत फ़ोन पे मतलब फ़ोन को चार्ज पर लगाया और चार्ज पर लगाने के बाद अभी फ़ोन चार्ज हुआ फिर उसके बाद आते समय की ये जो वीडियो बन रही है तो ये तभी की है और जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे भी अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो इस वजह से और बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया सब्सक्राइब कर लो यार बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और लाइक भी कर दिया करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच बाय बाय